ऐसे हो मेरा में आग, आपका स्वागत है हम आए हैं इधर नहाने आप देख सकते हो यह पानी कितने है। ये वाला सीन आप देख सकते हो ये बहुत जंगल अंदर का है यहाँ देख लो तो पानी कितना गहरा है? ये वाला। हम अभी नहाएंगे बहुत ठंडा है भाई मारा जाओगे अभी मैं नहा लिया हूँ देख लो अब देख लो ये नहा है बहुत ठंड है पानी बहुत ठंड है, है, है बहुत ठंड है अभी ठंड का मौसम है बहुत ठंडा लग रहा है